यार एंटीवायरस कैसे डाउनलोड करें कैसे इनस्टॉल करें और कैसे इस्तेमाल करें इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है तो इस वीडियो को एंड तक देखें स्किप ना करें अगर आप स्किप करेंगे तो वीडियो कुछ भी आपके समझ में नहीं आने वाला हेलो वाइस मैं हूं सुफियान और हमेशा की तरह आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल सच्च्यूटर स्क्रीन आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई कीयर एंटीवायरस वायरस प्रो डाउनलोड करने के लिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है ठीक ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है कोई हीयर एंटी वायरस प्रो डाउनलोड सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है कोई की हीर प्रो फ्री डाउनलोड पर, क्लिक करते पर आपको बहुत सारे एंटीवायरस मिलेंगे ठीक ठीक, है, हमें इनमें से डाउनलोड कोई क्लियर एंटीवायरस प्रो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है ठीक हम इसको डाउनलोड करते थे डाउनलोड हो रहा है डाउनलोड होने के बाद आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में माई कम्प्यूटर ओपन करना है और यहाँ पर डाउनलोड के फाइल में जाना है ये हमारा डाउनलोड हो गया थे आ गया ठीक आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है और आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाता है इस वाले डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है आपके एम लैपटॉप को नेट वाले कनेक्ट कर लेना है फिर इसको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है फिर इंस्टॉल कर देना है ठीक है मैंने डाउनलोड और इंस्टॉल कर दिया है आपको आगे का प्रोसेस होता हूँ बाद में आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह का एप्लीकेशन शो होगा ठीक है इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एप्लीकेशन शो होगा इसको हम डबल प्ले करके ओपन करते हैं थोड़ा टाइम लेता है ठीक है ओपन होना ये ओपन हो गया आपको प्रॉपर्टी जाना है और यहाँ पर सारे इसको ऑन कर देना है ठीक सारे सिक्योरिटी को ऑन कर देना आप आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को स्कैन करने के लिए आपको यहाँ पर स्कैन नाउ पर क्लिक करना है और ये आपका सिस्टम स्कैन करना स्टार्ट करेगा और यहाँ पर आपको स्कैन ओ पी टी ऑन स्पीकर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पे ऑप्शन मिलता है फुल इस फुल सिस्टम स्कैन ठीक है पर क्लिक कर आप इसको भी स्कैन कर सकते हैं टीयर एन कैसे डाउनलोड करें कैसे इंस्टॉल करें और कैसे इस्तेमाल करें ये आपने अभी देख लिया अगर आपका भी कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग मारता है तो उसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हो जिसकी लिंक आए बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाकर आप उसको डायरेक्टली देख सकते मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद